जा अगला पूरा करते तू सफर मेरा है तो ही मेरी मंजिल तेरे बिना गुजारा दिल है मुश्किल आज भी ख्याल तेरा री यादों में उड़े जाऊ हस्ती मीठा के खुद की तुझसे जुड़ जाऊ एक दफा मुझे मार आवाज तुझे सुन पीछे मुड़े जाऊ शाद कर पा कर के एक बार अपनी बाहों में सला तो सही झूठा नहीं मगर प्यार दिखा तो सही सुना मांगती हो रब से कि खुश ना रहू मैं जिन्हें छोड़ दूंगा तू आ तो सही yeah. तेरे में करा तेरी शादा रही है तेरा मैं तेरी याद में कोई दम नहीं मेरी फरियाद में रूह भी मुझसे मेरी छीन के ले गई मैं मैं न रहा तेरे बाद में